कुमार कुमार आदर्श राज कुमार <laughs> Anju Tohan out Anju Tohan out Jubian Prada ji और सेमीफाइनल तरला सिंह आसाम आका अमन परी आओ